तो आपका पुनः स्वागत एलवी सैचुरेशन रेखा देखने के बाद स्टीम टेबल्स में से टेबल एक और टेबल दो देखने के बाद आइए अब समझें कि एक विशेष सिस्टम का एलवी रेखा का उपयोग करके अलग अलग ज़ोन्स में वर्गीकरण कैसे करते हैं जब हमें एलवी रेखा से पी सेट और टी सेट पता है तो ये हमें यह निर्धारित करने में कैसे मदद करते हैं कि एक विशेष सिस्टम इस जोन का है या उस जोन का ये समझना जरूरी है आइए हम टेबल एक का उपयोग करके पीटी मानचित्र पर जोन समझने की कोशिश करें और हम ये क्रम टेबल दो के लिए दोहराएंगे क्योंकि दोनों टेबल एक और टेबल दो हमें एक विशेष थर्मोडाइनमिक सिस्टम को निर्धारित करने में मदद करती है ये पता लगाने में कि वह किस जोन का है ठीक है तो आइए हम पीटी मानचित्र पर आते हैं जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं प्रेशर टेम्परेचर मानचित्र और एक एल वी रेखा जो टीपी से सीपी तक जाती है और यहाँ एक एल रीजन और वी रीजन है इस एल्वी रेखा के दाईं ओर हमारे पास जो है वो है सुपरहीटेड हीटेड बाफ जोन जो कि यहाँ दिखाया गया है और बाईं ओर हमारे पास है सबकूल्ड या कंप्रेस्ड लिक्विड जोन जो यहाँ दिखाया गया है और हमें क्रिटिकल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है और जब प्रेशर और टेंपरेचर क्रिटिकल रेंज के बाहर है अर्थात प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा है और टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है हम सुपर क्रिटिकल फ्लुइड जोन में होते हैं जैसे यहां दिखाया गया है और हमें पता है कि यदि सिस्टम इस रेखा पर है इस सैचुरेटेड रेखा पर तो ये दो फ़ेज जोन है ये सैचुरेटेड लिक्विड हो सकता है सैचुरेटेड बाफ़ हो सकती है या दो फ़ेज़ संतुलन में और यही हम देखते हैं जब सिस्टम इस रेखा पर होता है तो ये अलग अलग जोन है सबकूल्ड कम्प्रेस्ड लिक्विड जोन सिस्टम या दशा के पीटी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो मैं कैसे पहचानूं कि वह कहाँ पड़ता है किस जोन में और ये अभी का मुद्दा है तो हम इस प्रश्न का जवाब देना शुरू करते हैं और हम इस स्थिति में टेबल का उल्लेख करते हैं और जब मैं टेबल एक कहता हूं, मुझे पता है स्थिति में आधार है, तो कोई भी दिए हुए सिस्टम के लिए अब हमारे पास उसके पीटी कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी प्रेशर और कोचर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि दशा किसी विशेष प्रेशर और विशेष टेम्परेचर पर है पास केवल यही डेटा है और क्योंकि हम टेबल एक का प्रयोग कर रहे हैं हम टेम्परेचर का उल्लेख कर सकते हैं मैं टेम्परेचर को आधार लूंगा और इसके संबंधित पी सैट टी में ढूंढ सकता हूं। ठीक है तो पहला कदम दिए हुए टेम्परेचर के लिए पी सैट टी ढूंढना है एक बार हमें पी सैट टी पता है तो हमारा अगला काम इस पी की वैल्यू को पी सैट टी के साथ तुलना करना है और यह बहुत आसान काम है और इस तुलना के साथ ही हम ढूंढ सकते हैं कि दशा किस जोन में है तो अब हम यह कैसे करें तो इसके अलग अलग उपाय हैं जो कि मैंने अलग सीरियल क्रमांकों द्वारा दर्शाए हैं और फिर मैं तुलना करता हूं और पता लगाता हूं कि दशा किस जोन में है तो कहिए पहली दशा पहली स्थिति यहां पर है p इक्वल टू पी सैट टी तो दिए हुए टेम्परेचर के लिए मैंने पी साट टी ढूंढा और हमने देखा पी इक्वल टू पी सा अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि दिए हुए टेम्परेचर के लिए संबंधित पी सैट टी यहां है और इसी कारण यहां का प्रेशर पी साट टी है इसका अर्थ यह भी है कि यह टी टी सा है, है कि नहीं और इस दशा के कोऑर्डिनेट्स होंगे पी और टी और इसलिए हम कहते हैं कि अगर p पी, पी सैट टी के बराबर है तो दशा सैचुरेशन रेखा पर है जैसे यहां दर्शाया गया है ये पी टी पॉइंट ये किसी भी थर्मोडाइनेमिक सयत्न की दशा एलवी रेखा पर है तो ये सैचुरेटेड लिक्विड हो सकता है सैचुरेटेड बाफ़ या दो फेज मिश्रण संतुलन में और वैसे ही हम अनुमान लगा सकते हैं जैसे ही हमें टेम्परेचर पता है पी सैट टी पता लगाते हैं उसकी तुलना करते हैं और इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इस सैचुरेशन रेखा पर है जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं अगली स्थिति यह है कि अगर मुझे है कि पी पी साट टी से कम है यानी दिया हुआ पी पी से कम है यह पी सैट टी है और पता लगा सकते हैं कि ऐसा होता है क्या पी पी साट टी से कम हो तो यह दशा सुपरहीटेड हीटेड बाफ जोन में होगी और यह इस स्थिति में और समानता से हम यह कह सकते हैं कि सीरियल क्रमांक दो की स्थिति सुपरहीटेड बाफ जोन है यह दशा सुपरहीटेड बाफ जोन में है तीसरी स्थिति होगी जब पी पी सैट टी से ज्यादा है यदि प्रेशर दिया हुआ प्रेशर पी सैट टी से ज्यादा है तो वह सब सबकूल्ड या कंप्रेस्ड लिक्विड जोन में होता है वास्तविकता में वो इस जोन में कहीं भी हो सकता है है कि नहीं इसलिए हम कहते हैं कि वह सबकूल्ड या कंप्रेस्ड लिक्विड जोन में है तो हमने तीनों संभावनाएं देखी सुपरहीटेड, हीटेड सब कूल्ड और दो फेज जोन एक और है जिसका हमने पहले भी वर्णन किया सुपर क्रिटिकल जोन जब पीपी क्रिटिकल से ज्यादा है और टी टी क्रिटिकल से ज्यादा है तब दशा सुपरक्रिटिकल फ्लूड जोन में होती है यहां इस अंश में तो इस स्थिति में टेंपरेचर तीन सौ तिहत्तर सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए और प्रेशर बाईस होना चाहिए अर्थात अब सुपरक्रिटिकल फ्लूड जोन में हो तो इस तरह से टेबल एक का उल्लेख करके मैं दिए हुए टेंपरेचर पर पी सेट टी की वैल्यू प्राप्त करता हूं और मैं दिए हुए पी की पी सैट टी के साथ तुलना करता हूँ और अलग अलग परिणामों पर पहुँचता हूँ ये जानने हेतु कि दशा किस जोन में है आपका बहुत बहुत धन्यवाद